अब दिल भी दुखाओ की तकलीफ नहीं होती और बड़ी हैरत की बात है कि अब मुझे किसी बात पर हैरत नहीं है